कटनी में पांच बदमाशों ने एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी आरोपी पहले युवक के घर घुसे फिर उस पर धड़ाथड़ चाकू से हमला कर दिया जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है हत्यारे पहले युवक की बहन को उठा ले गए थे वाक क्या कटनी के ओडिया मोहल्ले का है जहाँ पांच बदमाशों ने महेश वंशकार की हत्या कर दी मृतक के भाई ने बताया कि हत्यारे पहले उनकी बहन को उठा कर ले गए थे जब इससे बात की गई तो इसने महेश की बहन और अपनी गाड़ी को महेश के घर छोड़ दिया उसी दिन महेश और हत्यारों के बीच झगड़ा हुआ जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई लेकिन शिकायत दर्ज करने के दूसरे ही दिन आरोपियों ने महेश के घर में घुसकर चाकू से उसकी हत्या कर दी मृतक के भाई ने बताया की पुलिस को इस मामले की सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची वही कटनी सी विजय प्रताप सिंह ने कहा की इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारों की तलाश भी जारी है आज उड़िया मोहल्ला एन में महेश बंसकाल नाम के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या की सूचना प्राप्त हुई है और उसको घायल स्थिति में अस्पताल लाया गया था जहां पर उमृत हो गया है डेडबॉडी मर्ची में रखी है अभी हम लोग जांच में विवेचना में लग गए हैं शीघ्र आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं विवाद इतना सा था कि हमारे घर में जो हमारी बहन है ना वो दो तीन दिन से आ नहीं रही थी कहीं चले गई नहीं तो लड़कों लोग से बात करके मैंने उन को बुलाया था तो उन्होंने कहा भैया हम छोड़ देंगे हम इसको रखना नहीं चाहते हैं तो कल जो पार्क है अपना अम्बेडकर पार्क वहाँ पे ला लड़के ने छोड़ दिया लेकिन छोड़ने के बाद जब हमने उनको आवाज़ मारा तो वो चले गए गाड़ी छोड़ के गए तो मैंने क्या किया कि मैं जो गाड़ी उठा के डायरेक्ट थाने गया थाने में दो साहब लोग थे मैंने उनको पूरी बात बताई सर ने बोला कि क्या ये क्या है मैंने बताया सर ऐसी कंडीशन है बताइए क्या है वही ठीक है बेटा तो मैंने वहाँ पर यह भी बोला कि सर कल सवेरे मैं अपनी बहन को ले आऊँगा तो मैं कत लेकिन इस्तेक से मेरे बड़े भैया तो की जो लड़की जो छोटी वाली उनकी तबीयत खराब हो गई तो मैं यहाँ पूरे दिन आया छोटे भाई को घर में घुस के पाँच लोगो ने मारा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आप, आप देख रहे हैं दखल न्यूज